हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल डार्क हार्ट गेमिंग तो आज मैं लेके आ गया हूं। एक न्यूज़ आपके लिए जो कि बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है आप देख सकते हैं कि मेरे में PUBG डाउनलोड है तो PUBG का जो है अब लेटेस्ट वर्जन आ चुका है अपडेट आ चुका है जो कि अब जो है ये PUBG हमारा अभी तक बीटा फेस में चल रहा था जो कि है अब ऑफिशियली रिलीज़ हो चुका है तो है ना ये गुड न्यूज़ अब मैं इसका अपडेट दिखाता हूँ जो कि अभी अपडेट आया है इसका तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब लिखा आ रहा है आप ये पढ़ सकते हैं वैसे मैं देखता हूँ हाँ हु, हा, तो इसका वर्ज़न है 1.4.1 और अपडेट हुआ है 29 जून 2021 हज़ार इक्कीस में डाउनलोड तो आप जानते हैं कितना हो चुका होता है पबजी के ज़्यादा फैंस हैं यहाँ पे आ, फ्री फायर से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से तो पबजी में होने वाला है धूम धड़ा का तो जब इसे हम अपडेट करते हैं तो देखते हैं कि कितना एमबी लेता तो देखिए आप अपडेट ज़्यादा बड़ा नहीं है 194 एमबी का है तो आप इजिली कर सकते हैं इसमें तो बाकी कुछ है नहीं इतना लेकिन सबसे बड़ी न्यूज़ जो है ये ऑफिशली अब जो है लॉन्च हो चुका है इंडिया में तो अब दिक्कत नहीं होगी किसी को भी इसे खेलने में या डाउनलोड करने में पहले बहुत दिक्कत हुई थी जब ये अभी बीटा फेस में चल रहा था तो कुछ लोगों के फ़ोन में चल नहीं रहा था लेकिन अब जो है ऑफिशियली रिलीज़ होने के वजह से आप सब खेल सकता है इसे इजीली डाउनलोड कर सकता है प्ले स्टोर से भी और टैप टैप से करना चाहे तो टैप टैप से भी हो सकता है तो दोनों से हो सकता है लेकिन यह, आसान यही रहता है कि लोग इसमें करते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो ये इजी रहता है अगर प्ले स्टोर किसी के में नहीं है तो वो, वो वहाँ से भी कर सकते हैं टैप टैप से लेकिन मेरे में प्ले स्टोर है तो मैं प्ले स्टोर में कर कर रहा हूँ लेकिन मेरे में प्ले स्टोर था नहीं पहले मैंने जुगाड़ लगा के प्ले स्टोर भी डाउनलोड कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है PUBG नाम डाल रहा था पुराना नाम याद आ गया मुझे अब जो है इसका नाम चेंज हो चुका है तो वो डालना पड़ेगा बैटल ग्राउंड व India तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हो चुका है मेरा अपडेट तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपडेट में कैसा होता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इतने कुछ का एच डी का पैक था इसमें तो मेरा जो है वाईफाई से कनेक्ट है इसलिए मैं कर सकता हूँ तो आइए मैं कर लेता हूँ अपडेट सॉरी जो भी है इसका रिसोर्स पैक उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे तो मिलेंगे हम फिर दोबारा तो बने रहिए यहाँ पर पूरी तरह से लोड हो चुका है तो यहाँ पे कुछ अपने बारे में ये सब बता रहे हैं क्राफ्टन वाले जो भी कंपनी अपने के बारे में और ये बता रहे हैं कि आपका जो इंफॉर्मेशन जो है किसी थर्ड पार्टी को नहीं देते हैं जो भी आप पढ़ सकते हैं मैं करता हूँ एग्री और यहाँ पे कर लेता हूँ लॉग इन अपने फेसबुक आई से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो लॉग इन फेसबुक से करा तो यहाँ पे कुछ कंपाइलिंग रिसोर्सेज करके दिखा रहा है इसके बाद वो जो गेम चालू हम पहुँच जाएँगे लॉबी में तो ये हो जाए फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है तो यहाँ पे एट डेज में जो भी साइन इन करने से ऑफ़र व जो भी मिलते हैं वो मिल रहा है यहाँ पे तो मैं एक स्किन ले लेता हूँ तीनों में से मुझे एक लेना है तो मैं कौन सा सोच रहा हूँ रेड वाला ले, ले लेता हूँ चलो तो ये लिमिटेड टाइम के लिए रेगुलर नहीं है मतलब हमेशा के लिए नहीं मिले लिमिटेड टाइम के लिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा गेम हो चुका है चालू और हम यहाँ कर देते हैं ग्राफिक्स देखते हैं कि क्या है एचडी है एच और ओके ये सब सब ठीक है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा हो चुका है गेम चालू तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा और बाय बाय